नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्रैब के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं हूं आपका दोस्त परवीन राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के थ्रू हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके तो हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है दोस्तों एल्गो क्रैब और एल्गो क्रैब एक ब्रिज टूल है जिसकी मदद से आप ब्रिजिंग कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ट्रेडिंग व्यू आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है बहुत सारे लोग ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते हैं इवन ब्रोकरस भी जो हैं वो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर दिखाते हैं इसलिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सरल है काफ़ी ज़्यादा आसान है और साथ ही साथ इसमें काफ़ी सारे प्री इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं तो अगर आप भी ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते हैं या फिर आप अपने ब्रोकर पर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज़ करते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी को ऑटोमेट कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो मैं आ सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना स्किप करे हुए वीडियो को देखें क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो मे भी चांसेस हो सकते हैं कि आप कुछ ना कुछ स्किप कर देंगे क्योंकि जारा का सारा प्रोसेस जो है वो टेक्निकल प्रोसेस है और इसको आपको बड़े ही ध्यान से देखना है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले जो व्यवर्स पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें प्रोत्साहित करते हैं और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए तो चलिए दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपका एक अकाउंट होना चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर जो कि है एल्गो क्रैप तो सबसे पहले आपको एलगो पर जाना है और वहाँ पर एक अकाउंट ओपन करना है तो जैसे ही आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की डिटेल मांगेगा साइनअप करने के लिए वो डिटेल्स आपको फ़िल करनी है मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी का बटन प्रेस करना है उसके बाद ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा उसको क्लिक करके वेरीफाई कर देना है मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ और लॉगिन करके आपको बाकी की चीज़ें दिखा रहा हूँ तो दोस्तों जैसे ही आप अकाउंट को लॉगिन करते हैं आपको कुछ इस तरीके की डिटेल दिखाई देती है यहाँ पर हमारी कुछ प्री डिफाइन स्ट्रैटजीज अवेलेबल हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती या फिर आप कोई चार्टूज़ नहीं करते तो जैसे कि आज का वीडियो चार्ट्स के बारे में है तो मैं आपको चार्टिंग के बारे में ही बताऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ट्रेडिंग व्यू भी खोला हुआ है ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और ये हमारा प्लेटफॉर्म है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा सबसे पहले आपको ऑथेन्टिकेशन के टैब में जाकर अपने ब्रोकर को लिंक करना है ब्रोकर को लिंक करने का प्रोसेस इसलिए करना होता है क्योंकि इसको जब तक आप लिंक नहीं करेंगे तब तक आपका जो ट्रेड्स हैं वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं जाएँगे तो जैसे ही आप अपने ब्रोकर को यहाँ पर लिंक कर देंगे उसके बाद जो भी कोई ट्रेड जनरेट होगा वो आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आराम से पहुँच जाएगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जीरोधा का अकाउंट यूज़ किया है मैंने अपना क्लाइंट आईडी पासवर्ड और TOTP यहां पर पुट किया है आप भी कोई भी ब्रोकर यहां पर यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे ब्रोकर्स हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको आपको गैट एक्सेस टोकन के बटन को प्रेस करना है तो जैसे ही आप गैट एक्सेस टोकन के बटन को प्रेस करेंगे ये आपको एक दूसरे पेज पर लेके जाएगा जैसे ही आप इस पेज पर वापस आ जाते हैं इसका मतलब आपका टोकन सक्सेसफुली आ गया अब आप क्या कर सकते हैं वैलिड टोकन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका टोकन वैलिड है या नहीं है जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि टोकन इस वैलिड का टोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिला था तो इसका मतलब हमारा टोकन वैलिड है और हमारा ब्रोकर यहाँ पर आपका आराम से लिंक हो गया है ठीक है तो ये था पहला प्रोसेस जो आपको करना है लिंकिंग का ब्रोकर लिंकिंग का दूसरा प्रोसेस है आपको ट्रेडिंग व्यू में किस तरीके से स्क्रिप्ट लगानी है तो ट्रेडिंग व्यू के बारे में दोस्तों मैं बताता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू को अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करने जाएंगे यानी कि आप एल्गो या ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के लिए जाएंगे तो आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रो सब्सक्रिप्शन लेना अनिवार्य है अगर आपका प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फिर आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे प्रो सब्सक्रिप्शन के अगर चार्जेस की बात करूँ तो वो चौदह से पंद्रह डॉलर के आसपास होता है और ये काफ़ी सारी सेल्स चलाते रहते हैं जिसमें कि आप इनको सस्ते दामों पर भी ले सकते हैं अगर आप छः महीने या एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये अच्छा खासा आपको डिस्काउंट देते हैं जिसमें कि फिफ्टी टू सिक्सटी ऑफ भी आपको मिल सकता है तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर प्रो सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि एलगो क्रैप पर जाकर आपको अपना अकाउंट लिंक करना है दूसरा प्रोसेस है आपको इसका प्रो सब्सक्रिप्शन खरीदना है ठीक है इसके बाद हमें क्या करना होगा इसके बाद हमें अपने इंडिकेटर्स डाउनलोड करने होंगे जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पर हमने यहाँ पर दिखाए हुए हैं तो इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर ब्रिज टूल में जाना है और यूनिवर्सल ब्रिज पर जाना है तो यूनिवर्सल ब्रिज पर जब आप जाएंगे तो आपको ये ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स यहाँ पर दिखाए देंगे छह फ्री इंडिकेटर्स हैं जिनको आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू यूज़ कर सकते हो और इन इंडिकेटर्स को ट्रेडिंग व्यू की लैंग्वेज में पाइनस्क्रिप्ट कहा जाता है ठीक है तो ये पाइन स्क्रिप्ट जो है इनको आपको कॉपी करके पेस्ट करना है एक एक करके आप कर सकते हैं या फिर अगर आप सिंगल किसी इंडिकेटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सीधा उसको भी कॉपी कर सकते हैं कॉपी करने का प्रोसेस बहुत आसान है आपको यहाँ पर गेट कोड पर क्लिक करना है उसके बाद इस तरीके से कोड खुलेगा आपको उसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करना है जिससे कि ये पूरा कोड कापी हो जाएगा अब आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू पे और ट्रेडिंग व्यू पे आपको ओपन पे क्लिक करना है यहाँ पर आपको पूछेगा क्या करना है तो यहाँ पर क्रिएट न्यू इंडिकेटर का बटन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से डेटा आएगा यहाँ पर आप कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी कर दीजिए सारा का सारा पेस्ट कर दीजिए पेस्ट करने के बाद आप इसको सेव करिए सेव करके आप इसको जो भी नाम देना चाहें जैसे यहाँ पर आ रहा है एल्कोक्राफ सुपर टेंट वन आप इसको इस तरीके से नाम दे सकते हो ठीक है थीके? तो ये आपके अब ट्रेडिंग व्यू में जाके सेव हो गया अब आपको क्या करना है अब आपको ऑटोमेटिक ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि शाम के पाँच बजे हैं तो अभी एन का मार्केट तो ओपन नहीं है तो मैं आपको एमसीएक्स के सिंबल पे यहाँ पर ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ ऐसे मान लीजिए आपको सिल्वर का देखना है तो यहाँ पे देखिए आप सिल्वर फ्यूचर आ रहा है सिल्वर फ्यूचर पे आपको क्लिक करना है टाइम फ्रेम कोई भी आप लगा सकते हो मैं यहाँ पे वन मिनट लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको जल्दी से ट्रेड करके दिखाना होगा कि ट्रेड आने के बाद किस तरीके से परफॉर्म करेगा तो इसलिए मैं यहाँ पर एक मिनट का टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ अभी हमें क्या करना है सबसे पहले हमें यहाँ पर सिंबल क्रिएट करना है जिसमें हमें ट्रेड करना है तो ठीक है यहाँ पर सिंबल क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं सिल्वर तो सिल्वर से रिलेटेड जो भी सिंबल है जैसे सिल्वर आपका दिसंबर फ्यूचर आ रहा है उसके बाद जुलाई फ्यूचर आ रहा है उसके बाद मार्च फ्यूचर आ रहा है तो जैसे मान लीजिए आपको मार्च फ्यूचर में ट्रेड करना है तो आप यहाँ पर मार्च फ्यूचर आपने सेलेक्ट कर लिया क्वान्टिटी में आपने वन डाल दिया ठीक है एम नॉर्मल जो भी आपको करना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर वट यू वॉन्ट टू डू आप यहाँ पर सेट करेंगे उसके बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आप इस तरीके से आपको ये सिंबल बना हुआ दिख रहा है इसमें दो चीज़ें आ रही हैं एक यूज़र की और एक इंस्ट्रूमेंट की ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको हम आगे जाके ट्रेडिंग व्यू में डालेंगे ठीक है तो ये हो गया प्रोसेस अब हमें क्या करना है ट्रेडिंग व्यू में हम आ गए हैं अब ये हमारा इंडिकेटर जो बन गया है इसको हम आके अटैच टू चार्ट कर देंगे अटैच टू चार्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा अभी आपको क्या करना है अभी आपको सेटिंग में जाना है और इसकी सेटिंग चेंज करनी है तो क्योंकि मुझे आपको फास्ट ट्रेड करके दिखाना है तो मैं सेटिंग को फास्ट कर रहा हूँ अगर आप यहाँ पर टारगेट स्टॉप लॉस भी लगाना चाहते हैं जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं पचास पॉइंट का आपका टारगेट रहे या पचास पॉइंट का स्टॉप लॉस रहे तो वो भी आप सेट कर सकते हो अब ये मांग रहा है यूज़र की और इंस्ट्रोमेंट की ये आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलेगी यहाँ से आपको कॉपी करना है यूज़र की को और उसके बाद आपको यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है उसके बाद ऐसे ही आपको यहाँ पर ये इंस्ट्रोमेंट की कॉपी करनी है और इसको भी आके यहाँ पर पेस्ट कर देना है ठीक है पेस्ट करने के बाद आपको ओके okay कर देना अब यहाँ पर सारी की सारी सेटिंग हो गई है अब हमें सिर्फ लास्ट सेटिंग करनी है वो ये कि हमें क्रिएट करना अलर्ट ठीक है अलर्ट क्रिएट करने का यहाँ पे बटन आता है और इसको आपको क्रिएट अलर्ट को क्लिक कर सकते हैं जब आप क्रिएट अलर्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसे ड्रॉप डाउन में एल्गो क्रैप सिलेक्ट करना है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है वंस पर बार क्लोज़ ठीक है उसके बाद यहाँ पर वेब हो आता है ये वेब हो को आपको एनेबल इस तरीके से करना और यहाँ पर एक र एल पेस्ट करना है जो URL आपको एल्गो क्राइप पर यहाँ पर मिलेगा ये आप देख सकते हैं वेबुक यू आर एल फॉर ट्रेडिंग व्यू एम ब्रोकर लिखा हुआ है आपको इसे कॉपी कर लेना है कॉपी करने के बाद ट्रेडिंग व्यू में आके आपको कंट्रोल ए करके इसको पेस्ट कर देना है ठीक है ये पेस्ट करने के बाद आप इस अर्ट को अगर कुछ नाम दे सकते हो तो दे दे लो जैसे मान लीजिए आपने यहां पर लिख दिया सिल्वर अलर्ट ठीक है ये अब सिल्वर का अर्ट है ऐसे आप अलग अलग अलर्ट क्रिएट कर सकते हो तो जो भी आप अलर्ट क्रिएट करोगे उस अलर्ट के हिसाब से ट्रेडिंग करना शुरू कर देगा अब ये सिल्वर का अलर्ट है मैंने इसको क्रिएट कर दिया अब इसको क्रिएट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये अलर्ट आ रहा है और ये एक्टिव दिखा रहा है अब हमें क्या करना है अपने इसको स्टार्ट कर देना है सिम्बल को अभी हमने सिंबल को स्टार्ट कर दिया अब जब भी कोई नया सिग्नल आएगा तो ये ट्रेड करेगा तो हम अभी वेट करते हैं नया सिग्नल आने का और देखते हैं कि नए सिग्नल पर कैसा अलर्ट आता है और अलर्ट के बाद हम जाकर देखेंगे अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कि किस तरीके से ये ट्रेड कर रहा है तो ठीक है दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि एक अलर्ट आ गया और अब हम जाएंगे अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर ट्रेड हिस्ट्री का बटन है इस पर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सिल्वर ट्वेंटी मार्च फ्यूचर का एक मेरा ट्रेड हो गया और ये मुझे ब्रोकर की तरफ से ऑर्डर आईडी भी मिल गया तो ये हमारा ट्रेड हो गया अगर हम इस ट्रेड को देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ब्रोकर पैनल में जा ऑर्डर बुक में देख सकते हैं ऑर्डर बुक में ये दिख रहे हो आप यहाँ पर दिखा रहा है फेल क्योंकि इसके लिए जो मार्जिन चाहिए वो हमारे फंड में अकाउंट में अवेलेबल नहीं है इसके लिए ये ट्रेड फेल हो गया लेकिन आपका ट्रेड प्रॉपरली गया है क्योंकि ब्रोकर ने आपको ब्रोकर ने यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रोकर ने आपको एक यहाँ पर एक ऑर्डर आई दिया है तो ये ऑर्डर आई मिलने का मतलब है कि सक्सेसफुल ट्रेड आपके ब्रोकर पैनल पे गया ठीक है थीके? ये था प्रोसेस कि किस तरीके से आपको ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करनी है आप कॉपी पेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं बहुत ही आसान है आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करना यानी कि ट्रेडिंग व्यू से ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे कि आपको सबको पता है कि ट्रेडिंग व्यू में ऑप्शन का डाटा नहीं आता है लेकिन आप निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा देख सकते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं इन सबको अलर्ट को भी बंद कर देता हूं ठीक है और अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है ऑप्शन में तो वो किस तरीके से कर पाएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर आपको सिंबल लगाना है निफ्टी का ठीक है अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ट्रेड आपका होगा नहीं क्योंकि मार्केट बंद हो चुका है ऑब्वियसली और जब तक मार्केट चलेगा नहीं तब तक मैं कोई भी इंडिकेटर यहाँ पर अप्लाई करके आपको ये नहीं दिखा सकता कि अलर्ट आने पे किस तरीके से ट्रेड करेगा वो मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा लेकिन मैं जस्ट आपको सेटिंग बता रहा हूँ आप करके खुद से भी कर सकते हो तो ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया है निफ्टी का चार्ट आप देख सकते हो एक मिनट का चार्ट है ये इसमें अगर मुझे इंडिकेटर अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पर अटैच टू चार्ट कर दूँगा अब ये देखो यहाँ पर इंडिकेटर अप्लाई हो गया अभी हमें क्या करना होगा अभी हमें एल्गो क्रैप पर जाना है लेकिन इस बार हमें यूनिवर्सल ब्रिज पर नहीं जाना इस बार हमें जाना है दोस्तों यहाँ ऑप्शन यहाँ पर आपको ऑप्शन ब्रिज में जाना है इस बार आपको ऑप्शन ब्रिज में जाना है no और यहाँ पर ऊपर की साइड आप देखेंगे यूनिवर्सल ब्रिज लिखा है आपको यूनिवर्सल ब्रिज पे सिलेक्ट कर देना है अब यहां पर एक चीज और लिखी है राइटिंग और नॉर्मल अगर आप ऑप्शन बाहर हैं तो आपको नॉर्मल की साइड रखना है अगर आप ऑप्शन राइटिंग करते हैं तो आपको राइटिंग की साइड करना है ठीक है इसके बाद आपको क्रिएट सिम्बल पर क्लिक करना है यहां पर आपको डालना है कि कौन से सिंबल में आपको ट्रेड करना है जैसे आपको निफ्टी करना है निफ्टी में कौन से कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है जैसे वीकली करना है तो आप जीरो वन लिखेंगे और दिसंबर लिखेंगे क्योंकि दिसंबर फर्स्ट की अभी एक्सपायरी है इसकी तो ये लिख दिया हमने ये लिखने के बाद क्वांटिटी डालेंगे क्वांटिटी में ध्यान रखना आपको इस इस, इस तरीके से मल्टीपल में लिखना है फिफ्टी हंड्रेड अगर आप एम करते तो आपको वन टू थ्री फोर फाइव लॉट साइज के हिसाब से लिखना है अगर आप एन करते तो आपको क्वान्टिटी में लिखना है जैसे फिफ्टी होता है इसका अब यहाँ पर आपको इसको सेव कर देना है जैसे ही आप सेव करेंगे तो इस तरीके से ये दो डिटेल आ गई सेम आपको करना है और कुछ नहीं करना इसको एक तो स्टार्ट कर देना है और यहाँ पर आके आपको इसकी जो यहाँ पर मैंने सेटिंग में जाके जो डाली थी ना यूजर की इंस्ट्रूमेंट की वो यहाँ पर आपको पेस्ट कर देनी है और उसके बाद अलर्ट क्रिएट कर देना है जिस वे में मैंने किया था अब ये ऐसा करने से क्या करेगा जब आप इसको स्टार्ट कर देंगे तो ये क्या करेगा जैसे भी निफ्टी में सिग्नल आएगा तो उस वक्त पर निफ्टी का जो भी प्राइस चल रहा होगा जैसे अभी अठारह चल रहा है तो अठारह की कॉल बाय करेगा बाय का सिग्नल आने पर और सेल का सिग्नल आने पर 18,600 की पुट को बाय करेगा तो इस तरीके से ये ऐट द मनी करेगा अगर आप चाहते हैं ऐट द मनी नहीं करके आप जो है आउट ऑफ द मनी या फिर आप चाहते हैं कि इन द मनी करना तो भी जब आप सिंबल क्रिएट करते हैं तो यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ओटीएम का आप देख सकते हो ओटीएम का और आई का इसमें आप गैप डाल सकते हैं उतने गैप पर आपका ट्रेड होगा अभी तो मैंने सिम्बल जो लगाया वो ए का लगाया उसमें मैंने आई या ओ नहीं लगाया तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है अब जब भी आप एल्गो क्रैप पर आते हैं तो जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको छः दिन का फ्री ट्रायल मिलता है हमारी वेबसाइट की तरफ से तो आप उस छः दिन के फ्री ट्रायल में लाइव ट्रेडिंग भी कर सकते हैं पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस देता है हमारा प्लेटफॉर्म अगर आपने ऑलरेडी ट्रायल लिया हुआ है और आपका ट्रायल एक्सपायर हो गया है तब भी आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं हम आपको एक्सटेंड करके दे देंगे यूनिवर्सल ब्रिज का ट्रायल और आप इंडिकेटर्स लगा के चेक कर पाएंगे लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब आप अगर ट्रेडिंग व्यू से करना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग व्यू का पेड सब्सक्रिप्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहीं यहां पर आपको एल्गोक्राफ का जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो भी मिलेगा वो एट हंड्रेड रुपीज़ का है आफ्टर सिक्स डेज ट्रायल तो आप छः दिन का ट्रायल लेंगे उसके बाद आपको मिल जाएगा अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ मैं ट्रेडिंग व्यू के बारे में कि जब ट्रेडिंग व्यू पर आप कोई अलर्ट क्रिएट करते हो ना तो जैसे हम एम ब्रिज के थ्रू करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें एम चला के रखना पड़ता है पूरा दिन या फिर हम वी लेते हैं और वी में डालते हैं तो अगर आप वी लेके करना चाहते हो तो वी लेके कर सकते हो अदरवाइज़ अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो तो आपको वी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें जब आप एक बार कोई अलर्ट क्रिएट कर देते हो ना तो वो अलर्ट जो है वो काम करता रहता है बेशक आप ट्रेडिंग व्यू को बंद कर दो या उसको क्लोज कर दो पूरा विंडो तब तक वो काम करता ही रहता है जब तक कि आप इसके अलर्ट को पॉज़ नहीं करेंगे या फिर डिलीट नहीं करेंगे या तो स्टॉप नहीं करेंगे तो जब तक वो अलर्ट चलता रहेगा आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली होता रहेगा ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी Uh, मैं कह सकता हूं फ्यूचर आपको यहां पर ट्रेडिंग व्यू में मिलेगा तो दोस्तों आप जल्दी से जल्दी हमारे प्लेटफॉर्म पर जाइए एल्गो पर और अपना छः दिन का ट्रायल लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी ट्रेडिंग व्यू में काम करते हैं तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग